देश के उद्योगपति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की सगाई राधिका मर्चेंट से हो गई है अनंत और राधिका के सगाई समारोह में शाहरुख खान से लेकर अक्षय कुमार सहित कई बड़े दिग्गज शामिल हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी के घर फिर बजेंगी शहनाई मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अम्बानी की सगाई राधिका मर्चेंट के साथ हो गयी है आपको बता दें उन्होंने पिछले साल ही उनतीस दिसम्बर को रोका किया था एंटीलिया में हुए इस सगाई समारोह को बहुत ही धूमधाम से मनाया गया अंबानी परिवार ने अपनी नई बहू के लिए सरप्राइज डांस परफॉर्मेंस किया अनंत और राधिका दोनों का धूमधाम से स्वागत किया गया इस सगाई समारोह में सलमान खान शाहरुख खान आमिर खान शे घोषा ऐश्वर्या राय बच्चन सचिन तेंदुलकर से लेकर बॉलीवुड क्रिकेटर और राजनीति के कई बड़े दिग्गज शामिल हुए वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं